कर दोस्तों आज फिर से आप लोगों के बीच और एक प्रोडक्ट है मैन प्रीमियम रेंज का गैलुए बियर कंडीशनर जी हां दोस्तों जिस प्रकार हम लोग हमारी बालों में शैम्पू लगाने की बात कंडीशनर लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी जो बाल है ना सेम्पल करने की वजह से करने के बाद थोड़ा बहुत अकड़ जाते हैं मतलब सूखापन हो जाता है बहुत से लोगों की बाल की तरह तरह की प्रॉब्लम होते हैं लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका बालो बालो मतलब दाढ़ी का जो बाल है बियड का जो बाल है इसको फ्रीज रख फ्रीज फ्री रखता है यानी कि वो होने नहीं देता है और इसमें कलर भी नहीं है और ये पैराबिन फ्री है और इसके साथ साथ ये आपका मैकाडमिया ऑयल से निर्मित है तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है कंडीशनर जिस प्रकार शैम्पू आपका जेल फॉर्मूला में आता था वो ये जेल प्लस क्रीम दोनों टाइप मिक्स्ड फार्मूला में है जो आपको शानदार रिजल्ट देता है तो आज ही अपनाइए गैलो बियर्ड कंडीशनर धन्यवाद